हलो को मेरा नाम अल्जा नवी तो आपको वेलकम करता हूँ अपनी और वीडियो पे थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ कुछ नई मालूम के साथ <coughs> मगर उन सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे मुहबत करने वाले हैं उनको थैंक यू बोल रहे भाई आप हमारे साथ इतने टाइम से बने हुए हैं और इतने टाइम से हमारे साथ चल रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितना शुक्रिया कम बोलें अदा करने के लिए बोलें कम है हम बात करते हैं जॉब के हवाले से जो मेन टॉपिक की तरफ आदि जिसके से आप वीडियो देख रहे हैं जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारे पास जॉब अवेलेबल हैं शार्य टैक्सी की सबको पता है हम प्रोसेस कर रहे हैं बहुत से लोगों के वीजा निकल आए हैं बहुत से लोगों के नए निकल रहे हैं फिर हमारे पास अवेलेबल हैं बाइक राइडर की तो बहुत सारे लोगों के बाइक राइडर के वीज़े निकल आए हैं और भी निकल रहे हैं और भी चीज़ें हो रही हैं बट ना इसमें कुछ कन्फ्यूजनस हैं लोगों को बाइक राइडर का वीज़ा ले टैक्सी का ले तो मैं वो आज डिटेल में वो सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ ठीक है एक एक करके सारी एक एक प्रॉब्लम है एक एक जो चीज़ है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ जो मोस्टली लोगों के दिमागों में है कि भाई हम बाइक राइडर में जाएंगे तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है कुछ किसी को लगता है डिलीवरों में जाएँ किसी को लगता है तलाबात में जाएं किसी को लगता है नून में जाएं किसी को लगता है क्या क्या फिर हमसे पूछते हैं सर कौन सी कंपनी में जाए हम नून में लगा रहे हैं उसमें लगा रहे हैं तो ना यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो बाइक राइडर के जो बाकी लोग हैं वो बता नहीं रहे बाकी लोग जहाँ वो चीज़ें इसको क्लियर नहीं कर रहे हैं मैं आपको वो चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ ठीक है वो कैसे है कि कैसी चीजें इसको क्लियर करना है ठीक है आ, मैं कोई मेरे पास कोई परफेक्ट वे नहीं है मैं कैसे क्लियर करूँ लेकिन आ, आप ये समझें कि जैसे आपके पास एक गाड़ी है आप अब दुबई में आप आ गए आपको बाइक कंपनी ने दे दिया ठीक है कंपनी ने आपको बाइक दे दिया फिर कंपनी के पास चॉइस है कंपनी का नाम एक्स वाई जी ए बी वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है आप उसके अंदर काम कर रहे हो फिर कंपनी के पास चॉइस है कंपनी के पास चार पांच छह प्रोजेक्ट होते हैं एक प्रोजेक्ट ये है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर किसके साथ तलाबात के साथ तो आप तलाबात में काम करोगे वो साढ़े सात हजार पर डिल्वरी का देंगे दूसरा प्रोजेक्ट है उनका के साथ तीन हज़ार एक आपको फिक्स सैलरी मिलेगी या फिर साढ़े सात दिन हम आपको आप पर डिलीवरी के हिसाब से मिलेंगे और ग्यारह घंटे की ड्यूटी हर जगह होती है तीसरा प्रोजेक्ट अगर उनके पास है कोई कप के साथ ठीक है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कप में चार दिन में आपको पर घंटे के हिसाब से देते हैं फिर साढ़े सात दिन हम एक डिलीवरी का देते हैं ठीक है चौथा प्रोजेक्ट कंपनी का वो है उसके साथ कौन सी शॉप है कोई फिक्स शॉप ऐसा कुछ नाम है कंपनी का तो आपका उनके साथ है तो वो क्या कर हैं तीन हज़ार वो भी फिक्स सैलरी के हिसाब से दे रहे हैं तो अब आप जब आएंगे ना तो ये सोचना आपकी टेंशन नहीं है कि मैं किस कंपनी में जा रहा हूँ मैं डिलीवरों में काम करूँगा तो साढ़े सात दस हज़ार दस दरम भर डिलीवरी के मिलेंगे मैं अगर काम करूँगा इसमें तो मुझे इस डिलीवरी कितने पैसे मिलेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका सॉल्व हो जाता है वहाँ पर ठीक है कि भाई मुझे कहाँ पर जा रहा हूँ मैं किस जॉब के लिए जा मेरी कंपनी है ए कंपनी है एक्सवाई कंपनी है कुछ भी कंपनी है तो जो लड़का जहाँ कम्फर्टेबल होगा मैं उसको वहीं पर लगाऊँगा सेम ऐसे ही जब हम आपको वीज़ा दे रहे हैं आप कंपनी के अंदर हैं आप क्विकअप में काम कर रहे थे चार जन्म पर डिलीवरी के हिसाब से कर रहे थे ना तो उस चार जन्म पर आवर के हिसाब से अलेवन आवर्स के 44 फोर्टी हो गए और जो आप बाकी काम कर रहे थे उसका फिक्स का साढ़े सात जन्म वो हो गए तो महीने की आई थिंक बेसिक सैलरी ग्यारह रुपए बनती है और ऐसे आस के आस बनती है और साढ़े दिन पर डिलीवरी के हिसाब से बीस डिलेवरी अगर वो करता है तो आप देख लो कि कितनी बनती है आलमस्ट 600 सौ अगर बनती है उसकी तो 600 सौ ज़रूरत साढ़े सात साढ़े सात गर्म कर लो प्लस 1100 सौ जो फिक्स सैलरी आ रही है इस तरह का मैं पहले एक वीडियो बना के डिटेल में टोटल आपको बता चुका हूं आपको उसको देख सकते हो ठीक है तो ये सब चीज़ें उसको अगर मिल रही हैं ठीक है तो वो उसमें जाए या फिर वो डिलेवरों में जाए या वो तालाबात में जाए या वह नून में जाए हंड्रेड लड़के के पास चॉइस होती है ठीक है तो उसको कंपनी स्विच नहीं करनी पड़ती उसको प्रोजेक्ट स्विच करना पड़ता है आ, ए बी में काम कर रहा है बी में भी, सी में बी डी में भी तो लड़का ए वाला बोलेगा सर मैं चाहता हूँ कि मैं क्विकअप में काम करूँ बोलेगा का, नहीं मेरा दिल करता है मैं नून के साथ काम करूँ मेरा दिल करता है मैं डिलीवरों के साथ काम करूँ मेरा दिल करता है मैं अमेजोन के साथ काम करूँ तो कंपनी वही होगी उसका पैकेज वहाँ चेंज हो जाएगा वो वहाँ काम करना शुरू कर देगा जहाँ आप हैप्पी हैं जहाँ आप कंफर्टेबल हैं कुछ कंपनीज जैसे जो कुछ बड़ी राइड्स देती हैं जैसे दस किलोमीटर की होगी पाँच किलोमीटर की होगी कुछ छोटी छोटी राइड्स देती हैं तो छोटी छोटी राइड्स वालों की अगर सैलरी कम भी होती है तो वो ज़्यादा कमा लेते हैं लॉन्ग राइड वालों का ये है कि उनको सैलरी ज़्यादा मिल रही होती है पर डिलीवरी के चार्जेस ज़्यादा मिल रहे होते हैं फिर जैसे ही कोई भी लड़का अगर 500 डिलीवरीज़ पूरी करता है ठीक है तो ढाई सौ उसको अवॉर्ड के तौर पर मिल दिया जाता है ठीक है ढाई ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक उसको रिवार्ड में आते हैं जो 500 सौ पूरा करता है 600 सौ 800 या पूरा करता है तो डिफरेंट किस तरह के रिवार्ड्स पॉइंट से जो उसके लड़के को मिलते रहते हैं इस तरह से चीज होती रहती है ठीक है तो कंपनी एक ही है आपका वीज़ा उसी का लगा हुआ है उसी वीज़ा में रहते आप रहते हुए आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो ठीक है तो जिस कंपनी में हम लगा रहे हैं उनका ऑलमोस्ट चार से पाँच कंपनी साथ ऑलरेडी प्रोजेक्ट है ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहे हैं और भी उनके नए प्रोजेक्ट भी एड होते जा रहे हैं तो यू ही ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनी इसके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो जिसको वीज़ा चाहिए बाइक का हमसे कांटेक्ट कर सकता है मैं आपको वीज़ा भिजवा दूँगा आप यहाँ पे आ जाएंगे और फिर आने के बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा लाइसेंस बनने के बाद आपको बाइक दे दिया जाएगा बाइक मिलने के बाद आपके बाकी सारे सारे काम हैं वो सारे सारे सारे काम आप कर सकते हो आप सारी सारी चीज़ें कर सकते हो सारे के सारे काम चीज़ें कर, कर, कर सकते हो ठीक है इसके बावजूद भी अगर आपके दिलों में कुछ क्वेश्चन हैं तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उसमें खान का नंबर है मलिक का नंबर है इसमायल का नंबर है और एंड पे मेरा नंबर आया जो मैं बहुत कम रिप्लाई करता हूँ उसकी रीज़न भी आपको बता दी थी कि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं तो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि हर बंदे को रिप्लाई करूँ हर बंदे से रिप्लाई करूँ हर बंदे से उस प्रॉपर उस तरीके से बात करूँ जिस तरह से मेरी टीम काम कर रही होती है और अगर हर बंदे को मैंने रिप्लाई करना है तो फिर मैं इनको सैलरियाँ किस बात की दे रहा हूँ ठीक है आप होप सो आप बात को समझेंगे ठीक है अब आते हैं हम दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ की तरफ़ नेक्स्ट चीज़ क्या है आज़ाद वीज़ा है आज़ाद वीज़ा में जो लोग आना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं आज़ाद वीज़ा दो साल का वीज़ा होता है इसमें आप बाइक राइडर का लाइसेंस बना सकते हो अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हो इसमें आप बाहर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हो इसमें आप लोन ले सकते हो इसमें आप गाड़ी ले सकते हो इसमें आप दस जगह और जगह काम कर सकते हो अपना बाइक राइडर का लाइसेंस बना सकते हो और गाड़ी का लाइसेंस बना सकते हो अपनी कंपनी खोल सकते हो पार्ट टाइम काम कर सकते हो डिफ़रेंट जगह पर पार्ट टाइम काम कर सकते हो ये सब के सब चीज़ें आप कर सकते हो आप एक आज़ाद वीज़ा लेके रेजिडेंट वीज़ा लेके, उसमें आप अपनी फैमिली को उस वीज़ा में इस्पॉन्सर कर सकते हो यहाँ पे और भी बहुत सारी यहाँ पे यहाँ से अगर अभी एक बंदा है मेरे साथ काम कर रहा है इंडिया से तो उसने सात लोगों का वीज़ा मेरे से अप्लाई किया वो यहाँ से लड़कों को साउथ अफ्रीका भेजता है यहाँ पर लड़कों को चार महीने काम कराया चार महीने काम करा के उसको सीधा साउथ अफ्रीका भेज दिया वहाँ पर यहीं कंपनी की बैंक स्टेटमेंट बना के यहीं कंपनी की सब कुछ बना के लड़के की सब कुछ बना के अच्छा मैनेजर है ये है वो है वो सारी की सारी चीज़ें उसमें वहाँ पे डेवलप करने के बाद उसको साउथ अफ्रीका भेज रहा है या डिफरेंट और कंट्रीज़ ऑन में भेज रहा होगा मैं वो काम नहीं है होगा उस काम के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट मत करना मैं वो वाला काम नहीं कर रहा मैं सिर्फ यहीं का काम कर रहा हूँ इसके अलावा यहाँ पर जो जो लोग हैं दुबई के अंदर जो लोग हैं और उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई कंपनी हम आपके खोल के देंगे आपको कॉफ़ी सेटअप आप बना के देंगे आपको एजारी बना के देंगे आपका लाइसेंस निकाल के देंगे आपकी जो कफ़ील है वो हम प्रोवाइड करेंगे और यहाँ की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं पीआरओ सर्विसेज की सारी की सारी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहीं से किसी बंदे के ऊपर लोन है सॉरी किसी किसी बंदे के ऊपर लोन नहीं किसी बंदे के ऊपर अगर फाइन है किसी बंदा अगर यहाँ ब्लैक लिस्ट है किसी बंदे का यहाँ कुछ कैंसिल कर किसी चीज़ का इश्यूज़ है वो हमसे आके डिस्कस कर सकता है हम उसके जितने प्रॉब्लम्स है कोशिश करेंगे रिजॉल्व करेंगे हो सकता हो जाएंगे हमारे इसे जितनी अप्रोच है हम कोशिश करेंगे उसको यूटिलाइज़ करें और लड़के का जो भी प्रॉब्लम है जिस हिसाब से भी सॉल्व हो तो अच्छा हमारे लिए हम कोशिश करेंगे सब चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़ें जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ जो हम कर रहे हैं जो कंटिन्यूस बेस पर कर रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके नंबर लिखे हुए हैं सबके साथ आप व्हाट्सएप बात कर सकते हो चीजें डिस्कस कर सकते हो मेरा यहाँ ऑफिस है ये कौनकर्ड एमरिट्स कौनकर्ड जो है बिल्डिंग है ये आप गूगल करेंगे तो आप आ जाएगा एमरिट्स कौनकर्ड जो है ना वो टावर है इसके अंदर आप आ सकते हैं मेरा ऑफिस है 1402 तो यहाँ पे सब लोग आ रहे होते हैं मैं वीडियो बनाता अभी भी दो बंदे बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं साथ वाले ऑफिस में इस्माइल और बाकी लोग बैठे हैं वो कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं तो हम हायरिंग कर रहे थे बाकी कंपनीज़ के लिए भी तो आके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं मैं ओपन हूँ हर वक्त हर बंदे से बात करने के लिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मैंने कोशिश की इस दफा मैंने आज बात करने की आपको ताकि समझ आ जाए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे जज दीजिए